की स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि असल में एक टीचर होती है उस टाइम वो कुछ बच्चों को एक कहानी सुना रही होती है वो बताती है कि काफी टाइम पहले हमारी अर्थ यानी कि हमारी जमीन की हालत काफी खराब होती जा रही थी जमीन पर अजीब तरह की हादसे हो रहे थे ऐसा लगता था कि अब जमीन बस खत्म ही हो जाएगी और इसी सबके बीच एक साइंटिस्ट होता है जो की इस जमीन को बचाने में लगा हुआ था असल में वो इस अर्थ को बचाने के लिए कोई खास चीज बना रही थी काफी कोशिशों के बाद बी, वो चीज नहीं बनती जो वो बनाना चाह रहे थे लेकिन फिर एक दिन उनके एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है यानी कि वो चीज बन जाती है और तभी उस साइंटिस्ट के सामने एक ग्रीन पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर वो साइंटिस्ट वो चीज डाल देता है इसके बाद ये सीन यहाँ पर चेंज होता है और हम एक स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर बच्चों की एग्जाम्स चल रही थी यहीं पर हम एक आदमी को देखते है जो की अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है की आज घर आने में मुझे काफी देर हो जाएगी क्यूँकी मुझे ऑफिस में कोई जरूरी काम है लेकिन ये आदमी अपने बताए हुए टाइम ऐसी भी लेट आता है जिसकी जैसे उसकी सारी फैमिली उसे नाराज हो जाती है तो इसीलिए लिए अपनी फैमिली को मनाने के लिए ये आदमी हॉलीडे प्लान करता है और फिर अगले ही दिन वो अपने फार्म हाउस पर घूमने के लिए निकल जाते हैं और ये फार्म हाउस एक काफी खूबसूरत आइलैंड पर होता है अब जैसे ही लोग फार्म हाउस आरोप पहुँचते हैं तो वो आदमी और उसकी वाइफ घर तो के अंदर होते है लेकिन उनके बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं इन बच्चों में लड़की का नाम नोआ और लड़की का नाम एमा होता है वो बीच पर जाते हैं और पर काफी मस्ती करते हैं। लेकिन तभी समंदर से उनके पास एक बॉक्स आता है और इस बॉक्स को ये दोनों लेते ले हैं ये बॉक्स बॉक्स कोई आम नहीं होता बल्कि ये काफी मिस्टीरियस होता है और जैसे ही लोग उसे हाथ लगाते हैं तो वो बॉक्स खुल जाता है असल में ये वही बॉक्स होता है जिसे की उस साइंटिस्ट ने ग्रीन कलर के पोर्टल में टेलीपोर्ट किया था इस बॉक्स में से इन बच्चों को एक ग्लास मिलता है जो की ग्रीन कलर का होता है अब उस बच्चे नुआ को ये ग्रीन ग्लास काफी अट्रेक्टिव लगता है और इसी वजह ऐसी वो इस ग्लास को और मिस्टीरियस बॉक्स को उठाकर अपने घर ले आते है लेकिन वो इस बारे में अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताते लेकिन बहुत जल्द उनकी मदर को इस बारे में पता चल जाता है और तब नोआ वो ग्रीन ग्लास अपनी मदर को दिखाता है लेकिन जैसे उसकी मदर वो ग्रीन ग्लास अपने हाथ में पकड़ती है तो उसका कलर फोरन ऐसी ब्लैक हो जाता है लेकिन जैसे वो ग्लास नोवा के हाथ में आता है तो वो दोबारा ऐसी ग्रीन कलर का हो जाता है और इसका मतलब ये होता है की ये एक किस्म की फिंगर टेक्नोलॉजी है जिसमे जो भी पहले इस बॉक्स को टच करेगा वो इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाएगा और हम जानते हैं कि सबसे पहले इस बॉक्स को उन दोनों बच्चों ने छुआ था और अभी दोनों बच्चे और ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं इस बॉक्स को लेकर और इसी वजह से नोवा की बहन ऐमा रात को उस बॉक्स को ओपन करती है और इस बार इन्हे उस बॉक्स में ऐसी अजीब तरह की चीजें मिलती है इन्हें इस बार कुछ स्टोन और एक टॉय होता है और ये टॉय एमा को काफी पसंद आता है और जैसे ही एमा उस टॉय को टच करती है तो उस टॉय में ऐसी ये जी आने लगती है मेमसी मिमजी असल में मिमजी इस टॉय का ही नाम था अब नुआ और एमा बॉक्स में से निकले उन स्टोन से खेलने लगते हैं और उनमें से एक स्टोन को वो घुमा देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो घूमते घूमते हवा में फ्लाई करने लगता है जिससे वहाँ पर पर्पल -पर कलर का एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसकी वजह ऐसी वो बाकी सारे स्टोन भी घूमने लगते है लेकिन दोनों बच्चे इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे तब इस बारे में पता लगवाने के लिए एमा उसके अंदर अपना हार डालती है लेकिन नुआ को लगता है की ऐसा करने ऐसी कुछ गलत हो जाएगा इसीलिए वो एमा का हाथ फौरन से उस पोर्टल में से बाहर निकाल देता है इसके बाद हमें इन दोनों बच्चों के टीचर दिखाए जाते हैं जो कि अपनी वाइफ से एक अजीब तरह के ड्रीम के बारे में बात कर रही थी वो टीचर अपनी वाइफ को बताते हैं जो ड्रीम में देख रहा हूँ वो काफी अजीब है और तो और वो मुझे बार बार आ रहा है और ऐसा मेरे साथ अभी ऐसी हो रहा है की आखिरी ट्रिप ऐसी वापिस आया हूँ उधर हम देखते है उस फैमिली को वो लोग दोबारा ऐसी बीच आरोप आए होते है अब यहाँ आरोप आने के बाद नुआ और एमा थी लगती है लेकिन यहाँ पर ये यह टॉय यानी के मिमजी एमा को एक शेल उठाने के लिए कहता है तब एमा ऐसे ही करती है और वहाँ पर पड़ा हुआ एक शेल वो उठा लेती है लेकिन वो उस शेल को उठाकर अपने भाई नोआ को दे देती है और तब नोआ उस शेल को अपने कान के साथ लगाकर सुनता है अब ऐसा करने से उसकी सुनने की पावर काफी बढ़ जाती है लेकिन ये पावर तभी काम करेंगी जब नोआ खुद जाएगा अब इस पावर की वजह ऐसी नोआ छोटी ऐसी छोटी आवाज को भी सुन पा रहा था बड़ी आसानी ऐसी यहाँ कि ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ो की आवाज़ें भी बड़ी आसानी से सुन पा रही थी रात के टाइम एमा अपनी मदर के गोद में लेटी होती है जहाँ एमा अपनी मदर से पूछती है कि क्या हमारी अर्थ के अलावा यानी कि हमारी जमीन के अलावा कोई और जगह भी है जहाँ पर कोई रहता है तब ये सुनकर उसकी मदर कहती है की इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानती और इंसानो के लिए ये काफी बड़ा सवाल है जिसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया अगले दिन हम नोआ को देखती है जो की बड़ी रोर ऐसी उस ग्रीन ग्लास को देख रहा होता है लेकिन तभी इस ग्रीन ग्लास की सारी पावर्स नोआ के अंदर चली जाती है जिसकी वजह से उसे सारी चीजें क्लियरली दिखाई देने लगती है और यहाँ पर नोवा के अंदर ये पावर भी आ जाती है कि वो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकता है और इसका इस्तेमाल वह को टेलीपोर्ट करने में करता है फिर इसके बाद वह इस बारे में अपनी बहन एमा को भी बताता है तब ये सुनकर एमा कहती है कि भाई मैं तो इस बारे में पहले ऐसी ही जानती थी क्यूँकी मुझे मेरे दोस्त यानी की स्टॉय मिमजी ने पहले ऐसी ही बता दिया था इस बारे में यहाँ वो मिमजी एमा को बताता है की कुछ दिन में आप लोगों के पापा यहाँ आरोप आने वाली है और तब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है उनके फादर वहाँ पर सच में आ जाते हैं तब इन सारी चीजों को देख कर नोआ को काफी अजीब लगने लगता है इसके बाद वो दोबारा से उस ग्रीन ग्लास को देखने लगता है इस बार वो अपनी पावर्स को आजमाने के लिए एक बॉल को टेलीपोर्ट कर देता है अगले दिन वो स्कूल में एक अजीब तरह की ड्रॉइंग बना रहा होता है फिर उस ड्राॅइंग को कम्पलीट करने के बाद उसे वही पर ही छोड़ घर जाने लगता है तब नोआ के जाने के बाद उसके वही टीचर उसके ड्रॉइंग को देखते है तब उस ड्रॉइंग को देख उन्हें अपने ड्रीम के बारे में याद आता है इसीलिए वो फौरन भाग कर नोआ के पास जाते हैं और वो नोआ से पूछते हैं कि बेटा ये क्या चीज है इतने ड्राइंग कैसे बनाई लेकिन इस बारे में नवा ज्यादा कुछ नहीं बताता वो कहता है कि मैंने तो बस ये ड्राइंग ऐसे बना दी लेकिन वो टीचर घर जाकर इस ड्राइंग के बारे में डीपली रिसर्च करते है जहाँ पर उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये वही चीज है जो इनके ड्रीम में हमेशा आती है अगले दिन वो स्कूल में अपने साइंस प्रोजेक्ट के बारे में सभी बच्चों को मकड़ियों के बारे में बता रहा होता है लेकिन इन बातों में नोवा नॉर्मल बातों ऐसी हट कुछ अलग ही बातें बताता है जहाँ वो सबको बताता है की मकड़ियाँ असल में अपने कंडीशन के मुताबिक ही अपना जाल बनाती है और उसी कंडीशन के जरिए इनका जाल मजबूत भी बन सकता है और कमजोर भी अब ये देखकर नोआ के टीचर उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि सच में आपका बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो काफी स्मार्ट है उसका आईक्यू लेवल काफी अच्छा है रात के टाइम एमा अपनी बेबी सीटर को वो सारे स्टोन हवा में फ्लाई करके दिखाती है और अब ये देख उसकी बीबी सीटर काफी डर जाती है और वहाँ ऐसी चली जाती है रात के टाइम नोआ उस ग्रीन ग्लास को एक अजीब तरह की चीज ऐसी जोड़ता है और वो अजीब चीज भी उसी बॉक्स में से निकली थी नोआ की ऐसा करते ही वो चीज एक स्पेस शिप में बदल जाती है और स्पेस शिप में इतनी पावर्स आ जाती है कि पूरे शहर की लाइट ओवरपावर होकर बैंक हो तो जाती है फिर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक सीनियर ऑफिसर को रखा जाता है अब इतनी सारी अजीब चीजों को देख कर अपनी बहन एहमा ऐसी कहता है की इन चीजों ऐसी हमें खतरा भी हो सकता है तो हमारे लिए बेहतर होगा की हमें इन्हें फेंक देना चाहिए और हालांकि ये दोनों फैसला तो कर लेती है लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाते रात के टाइम जब नोआ सोरा होता है तो उसे एक अजीब सा ड्रीम आता है जिसमें वो देखता है कि वो हवा में फ्लाई कर रहा है साथ ही साथ उसे वहाँ पर काफी अजीब तरह की चीजें भी दिखाई देने लगती हैं इसके बाद हम उसे सीनियर ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपने साथियों से कहता है कि जिसकी तैयारी हमने की थी आज उसको इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है उधर घर में नोवा ऐमा को अपने ड्रीम के बारे में बताता है तब ये सुनकर एमा कहती है की मुझे भी सिर्फ ऐसा ड्रीम आया है और तभी यहाँ इन लोगो के घर वो टीचर अपनी वाइफ के साथ आता है और वो नोवा की मदर को नोवा की बनाई हुई ड्राइंग दिखाते हैं और कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल ड्राइंग नहीं है बल्कि ये कुछ ऐसी थीरीज हैं जिन्हें कुछ साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया है और नोवा ने तो क्लासरूम में बैठकर इसे बड़ी आसानी से बना दिया है तो इसका मतलब ये है कि नोवा इस बारे में काफी कुछ जानता है नेक्स्ट डे एमा के फादर एमा ऐसी शुगर मांगते है तब एमा यहाँ पर अपने फादर को शुगर हवा में फ्लाई करके देती है अब ये देख उनके फादर काफी हैरान हो जाते हैं इसीलिए वो दोबारा ऐसी उनके टीचर को घर आरोप बुला ते है तब ये सुंदर उनके टीचर कहते हैं कि मैं तो इस बारे में कुछ खास नहीं कर सकता लेकिन हाँ मेरा एक दोस्त है जिसके पास इन चीजों की काफी अच्छी नॉलेज है इसके बाद ये लोग उन बच्चों के रूम में आते हैं जहां एमा हवा में फ्लाई करते हुए अपने बेड पर वापस आती है साथ ही उसके हाथ में यहां पर मेमजी भी होता है तब ये देख ये सारे लोग काफी डर जाते हैं जिसकी वजह ऐसी एमा की मदर मेमजी को डस्टबिन में फेंक देती है लेकिन ये दोनों दोबारा ऐसी मेमजी को वापिस ले आते है फिर ये दोनों उन स्टोन की मदद ऐसी पोर्टल को ओपन करती है और इस बार की पोर्टल में एमा अपना फीस अंदर करती है जहाँ पर उसे वही साइंटिस्ट नजर आता है लेकिन जिसने उस बॉक्स को यहाँ पर भेजा है अब इसके फौरन बाद एमा को चक्कर आने लगते है वो जोरों से हिलने लगती है लेकिन तभी यहाँ पर इनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो आते ही एमा को संभालती है इसके फौरन बाद वो दोनों एक डॉक्टर के पास जाते है जहाँ वो डॉक्टर इनकी पेरेंट्स को बताते है की एमा का जो ब्रेन है वो नॉर्मल ब्रेन की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचता बल्कि उसका दिमाग की तरह काम करता है यानी जैसे बैट्स और डोल्फिन का दिमाग काम करता है लेकिन इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे लेकिन इसके लिए उनके पेरेंट्स साफ इनकार कर देते हैं फिर अगले दिन उनके फादर घर आकर कहते हैं कि हम सबको एक ट्रिप पर जाने की जरूरत है जिससे कि हम थोड़ा फ्रेश हो सके थोड़ा रिलेक्स हो सके तब इतनी ही देर में वो सीनियर ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है जहाँ उसके साथ उसके इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर भी होते हैं वो आते ही उनके पेरेंट्स को पकड़ लेते हैं जहाँ वो दोनों उन सब ऐसी पूछते हैं की आप लोग यहाँ पर क्यूँ आए और हमें क्यों पकड़ रहे हैं हमने किया क्या है तब तो ये सुनकर वो सीनियर ऑफिसर बताता है कि जब पूरे शहर की लाइट गई थी तो उसकी वजह आपके घर में ही है क्योंकि आपके घर की लोकेशन उसमें ट्रैक हुई थी इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये कहने के बाद ही लोग उस फैमिली को एक जगह आरोप लेकर आते हैं जहाँ जाकर ये फैमिली बड़ी आराम ऐसी बैठ जाती है और यहाँ आरोप इन्हें लगता है की सब कुछ ठीक है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्यूँकी सभी पुलिस ऑफिसर ने उन पर नजर रखी हुई थी वो इसलिए क्यूँकी उनका मानना था की इस फैमिली को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता है लेकिन फिर भी इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चल पाता और इसीलिए अभी उनके टीचर को कॉल करते हैं, तो इस फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन उस टीचर से भी उन्हें कुछ खास पता नहीं चल पाता तब इसके बाद ये लोग उन बच्चों की बेबी से बात करते है जहाँ वो बेबी घबराते हुए उनसे कहती है की मुझे इन बच्चों के कुछ में समझ नहीं आती ये बच्चे बिल्कुल ही अजीब है इनकी हरकतों ऐसी मैं तो बस यही कहूँगी की ये एलियन्स है यहाँ वो बेबी उन्हें एमा की पत्थरों को फ्लाई करने वाली बात भी बता तब ये सुनकर वो ऑफिसर एमा से दोबारा उन पत्थरों को हवा में फ्लाई करने के लिए कहते हैं और तब एमा बिल्कुल ऐसे ही करती है ये करते हुए एमा ये भी बताती है कि ये सारी चीजें मुझे मिमजी ने करना सिखाई है तब ये सुनकर वो सारे लोग उस टॉय यानी कि मिमजी पर सर्च करने लगते हैं सर्च के जरिए इन्हें पता चलता है कि की टॉय के अंदर असल में एक चीप है जिसके जरिए उन्हें पता चलता है की वो लोग यानी की ये साइंटिस्ट और ऑफिसर जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे है इस टॉय की टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी की बरीस हजार गुना ज्यादा है क्योंकि जहां इन लोगों ने ए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्ट भी नहीं किया है वहां इस टॉय की टेक्नोलॉजी ए आई ए की हाई एडवांस टेक्नोलॉजी आरोप पहुँच चुकी है इसी सब के बीच ऐमा इन सबको बताती है कि असल में मिमजी हम सब को कुछ बताना चाह रहा है और तभी यहां पर वो मिमजी एमा को सब कुछ बताता है जहां एमा वो सारी बातें बाकी लोगो को बताती है वो बताती है की फ्यूचर में टाइम ट्रेबल मशीन बनाने में काफी मसाइल आते हैं और इसी वजह ऐसी जमीन का एटमोसफेयर काफी खराब जाता है और इसीलिए फ्यूचर के लोग टाइम के जरिए हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ऐसा करने की काफी बार कोशिश की लेकिन वो हमसे रही नहीं कर पाए लेकिन इस बार वो हमसे रब्ता करने में कामयाब हो गए, क्योंकि टाइम ट्रेवल करके ही मिमजी हमारे दुनिया में आया है और फ्यूचर के लोगों ने तो इसी लिए भेजा है क्योंकि जब भी उन्होंने इंसानों को भेजने की कोशिश की तो हमेशा ही वो इंसान मारा गया अभी सारी बातें सुनकर वो सारी ऑफिसर अजीब तरह की बातें करने लगते है की इस तरह का केस उनकी लाइफ में पहली बार आया था इसीलिए इवन चारों को अलग अलग कमरों में लॉक कर देती है लेकिन यहाँ पर नोआ और एमा अपनी पावर से एक दूसरे से बात कर रही थी यहाँ पर नोआ एमा से कहता है कि हमें जल्द से जल्द उन स्टोन को और मेमसी को यहाँ से छुड़वाना होगा फिर ये दोनों अपनी पावर्स की मदद से यहाँ ऐसी निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद ये अपने चीजों को टूरने लगते है जहाँ इन्हें मेमजी तो मिल जाता है लेकिन इनके जो स्टोन होते है वो अब टूट चुके थे तब यहाँ एमा नोआ ऐसी कहती है की अभी भी हमारे पास थोड़े बहुत पत्थर बचे हुए है और वो पत्थर हमारे फार्म हाउस में है अभी लोग एक ट्रक को लेकर अपने फार्म हाउस की तरफ जाने लगते हैं जहाँ ड्राइविंग भी नोवा अपनी पावर की मदद से ही कर रहा था लेकिन रास्ते में ही इनका पेट्रोल खत्म हो जाता है उधर इनके टीचर को दोबारा ऐसी वही ड्रीम आता है लेकिन इस बार उसके ड्रीम में ये बात खास होती है की उसे कोई बुला रहा होता है और इसके फौरन बाद वो नोआ और ऐमा को ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ उसे नोआ और ऐमा मिल भी जाते हैं और अभी तीनों फार्म हाउस की तरफ जाने लगते है जहाँ जाकर इन्हीं पत्थर जाती है जिसकी मदद से ये पोर्टल ओपन कर लेते हैं यहाँ ये सारी चीजें इन्हें ऐसी ही बता रहा होता है वहाँ पर वो स्पेश भी लाता है जो कि नुआ नहीं बनाया था अपनी पावर से। यहाँ पोर्टल में एमा मसी को डाल देती है जहाँ मिमजी के मुताबिक सब कुछ ठीक होता है इसीलिए मिमजी यहाँ पर टेलीपोर्ट होने लगती है लेकिन तभी यहाँ पर एमा का हाथ भी उसमें फंस जाता है इन्हें मिमजी में तब इतनी ही देर में उनके पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और नोआ यहाँ पर अपने फादर को वह स्पेसशिप दे देता है जो की असल में उस पोर्टल का जनरेटर होता है और नुआ खुद अपनी बहन ऐमा को बचाने के लिए चला जाता है जहाँ वो अपनी बहन को बचा भी देता है साथ ही साथ मिमजी भी अपनी मंजिल आरोप पहुँच जाता है वो वापस ही उसे साइन के पास पहुंच जाता है यानी फ्यूचर से, जहाँ से साइंटिस्ट ने उसे भेजा था अब इस साइंटिस्ट ने इस टॉय यानी कि के अलावा और भी बहुत सारे टॉय को भेजा था लेकिन एक सिर्फ ये टॉय ही था इनजी ही था जो वापस लौट कर आया अब इस चीज से इस साइंटिस्ट को ये बात पता चल जाती है कि से की सेम हमारे ही जैसे स्पीशीज यानी की इंसान कई और भी रहते है क्यूँकी ए के जरिए उन्हें सारी बात समझ आ चुकी थी की असल में जमीन आरोप क्या क्या हुआ मिमजी के साथ असल में फ्यूचर के जो इंसान थे अर्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं था वो बस ये जानती थी कि जमीन रहने के काबिल नहीं है इसी वजह से उन्होंने अर्थ को छोड़कर किसी और प्लेनेट पर जाने का सोचा लेकिन वहाँ जाकर उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे और अब उन्हें एक ऐसा प्लैनेट मिल चुका होता है जहाँ वो बगैर सूट के भी सांस ले सकते है और वो प्लेनेट भी कोई और नहीं बल्कि अर्थ ही होता है और ये सब कुछ उन्हें इसी ए के जरिए यानी की म्यूजी के जरिए ही पता चला इसके बाद हम दोबारा ऐसी उसी टीचर को देखते है जो की मूवी के स्टार्ट में कहानी सुना रही थी यहाँ वो टीचर सबको बताती है कि असल में मैं ही एमा हूँ तब ये सुनकर बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यही पर एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वाचिंग